अस्सलाम बिस्मिल्ला नाजरीन हमारी बात चल रही थी बिल्किस बानू के 11 सज़ा याफ्तम मुजरिमों की रिहाई की जो उन्नीस सौ बार नवे के कानून के तहत उनकी रिहाई की गई थी और ये कानून क्या है हम पूरी जानकारी देते हैं गुजरात सरकार ने साल दो हज़ार चौदह में सजा माफ़ी की एक नई नीति बनाई जिसमें कई श्रेणी के दोषियों की रिहाई पर रोक लगाने के प्रावधान है इस नीति में कहा गया कि बलात्कार और हत्या के लिए दोषी पाए गए लोगों को सजा माफी नहीं दी जाएगी इस नीति में यह भी कहा गया कि अगर किसी दोषी के मामले की जांच सीबीआई ने की है तो केंद्र सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार सजा माफी नहीं कर सकती अगर सजा माफी के लिए समिति के प्रावधानों को आधार बनाया गया होता तो साफ है कि इन मामले के दोषियों को सजा माफी नहीं मिल सकती थी तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इस मामले में 2014 की नीति के बजाय उन्नीस सौ की नीति के आधार पर फैसला लेना सही था और एक और दो औरटन ने इस सजा माफी पर विचार करने वाली समिति की निष्पेक्षता पर सवाल उठा दी है दोषियों की रिहाई के बाद ये बात सामने आई कि जिसने समिति ने इन ग्यारह दोषियों को रिहा करने का फैसला लिया उसके दो सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं एक सदस्य बीजेपी के प्रो नगर निगम पार्षद और एक बीजेपी की महिला विंग की सदस्य दोषियों के रह के कुछ वक्त बाद इस कमेटी में रही बीजेपी के गोधरा विधायक सी के राहुल जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने इन दोषियों के बारे में कहा कि वैसे भी वो ब्राह्मण लोग थे उनका संस्कार भी बड़ा अच्छा था और हो सकता है सजा करवाने के पीछे कोई बुरा इरादा हो सजा माफ़ी के फैसले पर बीबीसी गुजराती के तेजस वेद से बात करते हैं विधायक सीके रावजी ने कहा कि समिति में किसी अलग राय किसी की अलग राय नहीं थी और सभी लोग सभी को लगा के उन्हें मुक्त कर दिया जाना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा डीएम के अनुसार सभी दोषियों का व्यवहार अच्छा था उन्हें जो भी सजा दी गई इन बेबस दोषियों ने उसे झेला है जेल के अंदर उनका व्यवहार अच्छा था और इतना ही नहीं उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं तो आगे की बात हम करेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा खुदाफिज़ जयकुल्ला